तो गाइज वेलकम टू न्यू ब्लॉग और आज हैं अपन नेशनल हाईवे पर और आज जो है वो है नर्दा जयंती उसी के शुभ अवसर पर आज जा रहा है अपन नर्दा जी ग्वारी घाट तो ग्वारी घाट को जो भी सीन है वो सब दिखाएंगे तो वहां पे कितनी महिमा है तो सब बताएंगे और हम हैं अब नेशनल हाईवे और तो चल रहे है अब चलते चलते थोड़ा थक गए थे तो साथ में हमारे जे भी है।, है और इनको भी अच्छा बहुत बड़ा चैनल है धन सिंह याद आओ खड़ी गोरी के नाम से और अब अपन कहा जा रहे हैं? अपन जा रहे हैं नर्मदा जयंती है भैया वो। बने रहो हम देखेंगे तो कैसी भक्ति है कैसी शक्ति है और कैसी पब्लिक है और कैसी मानता है तो वो हैं है आज अपन कितनी भीड़ है तो बस अब निकलाते नहीं की महिमा और मई की चुनरी निकली है और ये मई पे जा रही है काफी भीड़ उत्साह से मनाया जा रहा है और है मेरा नाम से माँ की चिड़िया ले जा रहा, हैं भक्त जा रहा है भक्त लोग और भक्त इतना गौर भी नजारा देखते हैं अब चलाते हैं गाय तो स्टैंड में तो हो गई है गाड़ी खड़ी और अपन हम निकलेंगे नर्मदा जी, जी ले की है। तो ले जाने कहीं जो चलेगा नहीं भीड़ बहुत ही ज्यादा और तुम गाड़ियों की बात करो तो सैकड़ों भक्त जो लोग लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है और अब अपन है नर्मदा टी उ देखे हैं उठाई सब कार्यक्रम इतनी तो आपको पता ही चल रहा भीड़ कितनी है नहीं। तो जापान है नर्मदा नदी में ग्वारी घाट में और सीन देखिए वहाँ पर लंबी लंबी चढ़ी है और यहाँ के भी अपनी तो गाय ग्वारी घाट में भीड़ का तो ठिकाना नहीं है तो थोड़ा ना के लेकिन वहाँ पे देखिए भाई कितनी चुन्नी जो है वो ठहर चुकी है व्यू देखिए एकदम तो है जी की महिमा कुछ किस प्रकार देखिए आज के दिन जगह जगह भंडारा जो कि जो मन्नत रहती तो वो जो है भंडारा करते हैं तो गाय जब आए हैं तो नहा भी लें अब अब नहाएंगे नर्मदा जी में और हमारे साथ वाले और अब हम नहाने के लिए और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है आएगा वाह और यहाँ पे जो नह माई की चुनरिया जो नो ढुल एकदम मस्त सीन है भैया नर्मदा जी का पानी देखिए तो गाज नहा लिए नर्मदा जी में और अब अपन पूजा चुनरी वगैरह फिर करेंगे पूजा और फिर पूजा को और दिखाएंगे और हम जो न एकांत जगह में यहाँ कही को तो भीड़ तो हमने कहा हमें चाहिए बिल्कुल सुन बिल्कुल एकदम शांति वाली जहाज जहाँ अच्छे से नहा सके जो भी मन्नत है वो तो गाइस यहां पर नारियल नारियल ले लिए और अपन पूछा करने हैं ये नाव चलाएंगे साथ में जे भी हैं, मिल है और हमेशा हमेगा तुम बोल रहे पता नहीं तुम तुम तो तो बहुत बहुत बहुत मेला मेला लगा है है है देख और कितना कितना भीड़ भीड़ भीड़ कहा में और तरफ जाएंगे भैया बहुत ही में हैं। गाय जपन है गुआरी घाट को पूरा खुल नजारा है इस तरफ आ गए हैं और इस तरफ नजारा निकल अलग ही है और और लोगों की मानता देखिए कितना भीड़ है नहीं लोगों की मानता देखिए कितनी भीड़ है और ये पूरे कैसा लग रहा है सीन तो कमेंट भी करते जाओ कमेंट नहीं करोगे तो बात कैसी बनेगी कमेंट करते जाइए और अब अब उस तरफ जाएंगे अपन उसका भी नज़ारा दिखाएंगे तो बीच में जो भी नर्मदा नदी है तो वहां भी अपन दिखाएंगे नहीं तो यहाँ पे रात का कार्यक्रम भी बहुत है इसको रात का कार्यक्रम करना जहाँ पे रात का कार्यक्रम भी और वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ नाव से जाना पड़ेगा हम कोशिश करेंगे अगर जाएंगे तो दिखाएंगे वहाँ का भी मंदिर का नजारा और यहाँ पर रात का कार्यक्रम चालू है और हमें जल्दी लग ना कही नाव बंद हो है ये से से पार है पार तो हम हैं तरफ है। <laughs> तो सब में नील है और अब हमें नाव मिल जाए गई की नाव बंद हो चुकी है नाव मिल गया तो उस तरफ चले गए नहीं था नाव तो <laughs> जो है बंद हो हमारी बाकी हम जाने नाव ने बंद कर दे अब हम कैसे करे वीडियो के चक्कर में इतनी मुसीबत भी झेल रहे हम हम ही गाना तू जाने और सत्तर किलोमीटर जा दूर जाने और नाव बंद हो गई है बड़ी गया तो फिर है तरफ तो, दूबधाम बता रहे बड़ी मुश्किल से अरे भी मजा ले रहा है थिया थिया भी नहीं दे रहा है मुश्किल से बेतरफ न बड़ी समस्या हमें नहीं मान रहे थे। गाइज हम निकल गए अब ग्वारी घाट से बाहर कह की भेजा जाम भी लगो हमें नाव भी नहीं मिली तो ये में हमारे दो घंटा नाश हो गए और अब हम निकल गए घर की तरफ और अब जो ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा है तो जो ब्लॉग कैसो रहो तो कमेंट में अच्छो तो बुरो जैसो आओ हो तो बता देना भैया संग है इंग्लेश बता देना <laughs> फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं अब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा